तो आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे। इंस्टाग्राम की वीडियो डाउनलोड करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसे एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो पर आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हो जिसे आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो डाउनलोड करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगी नहीं कहीं लॉग करना नहीं पड़ेगा तो वो ट्रिक देखेंगे चलो किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए या लिंक कॉपी कीजिए लिंक कॉपी करने के बाद आप गूगल या क्रोमर पर क्लिक कीजिए या एप पर सर्च कीजिए इंस्टा डाउनलोड वीडियो सर्च करने के बाद यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट आ जाएगी आपको किसी भी एक वेबसाइट को खोलना है और आपकी लिंक कॉपी कर देनी वहाँ पर यहाँ पे, पे देखिए मैं लिंक कॉपी कर देता हूँ देखिए वीडियो आ चुका है ये देखिए वीडियो डाउनलोड कर दिया वो डाउनलोड हो रहा है वीडियो सिंपल ट्रिक है लाइक like और फॉलो कर दो थैंक यू